hold there hold there hi hi i love you karashi hello guys welcome to my another vlog kuch nahi aaj karne ko mast se thandi mein aag sik rahe hain kya kare aaj kuch bhi nahi bana kar ye dekhiye jo humari peechhe bag lighting kar rahe hain ye dekhiye दिख नहीं। दिख रहे रहे नहीं बेकार ना ना? था लड़का <coughs> है चलो देखना जीरो एक भाग भाग हो? आप तो दोस्तों आज कुछ ब्लॉग में था नहीं तो हम आज कर रहे साइकिल राइडिंग आज घर था ऐसा तो रोज ही कर रहा लेकिन आज मैं भी तो कर लग। तो घर घर पे है देखो यही होता क्लास काम ले जाता से फैमिली ना होता है ऐसा सब के साथ होता है दाँग अगर आप घर पे हो आप मम्मा घर पे है तो आपके लग चुकी है आपको काम करना ही करना है आज भी कहीं जाने का प्लान भी नहीं है सभी अपने अपने घर हैं आराम से मस्त बिस्तरे में बैठे हैं हम भी मस्त इधर आग वगैरह के पास बैठे हैं अब कोई आए तो कहीं जाए तो फिर ब्लॉक बने काम करके आ चुका है इधर फ्लैश इसका हो चुका है आज बस खत्म है आइए <laughs> करने गया था लेकिन निराश कर दिया उनको भी इसने इसनेस आओ बैठे हमारे पास आओ बैठिए और... कही वह कही आराम दूसंगे वो यार कोई तो आ जाओ इधर किसी के शूट जाए बीते अचो बारिश होने लगी अभी यार पूछना अच्छा।, अच्छा तेल से बस। अच्छा, तो तो का नोट नोट नहीं क्या ज़रूरी फिर में कौन-कौन वैसे पांच सौट दस हांड कर बेसिकुन दुकान ठीक है है, तिल, तिल। उसमें तेल पड़ता है ना तेल डलवाएंगे ना सौ रुपये का का क्या बोले सुबह का कुछ कहीं नहीं गए बैठे देखो हैंडसम मुंडा आसरा है। तू नी पखारी भी सुबह की तो इधर ही सेक रहे बताओ क्या करें <laughs> ना पूछो oh, <laughs> तो गुड़ियों तो <laughs> तू बोली पहले मुँह पे हाथ रखे बैठे हुए शर्म आ रही है देखिए देखिए देखिए ये ये हाँ ये आप ध्यान से नीचे नी है जी आ, आ, आ एक एक एक करेंगे कर भाई आपस में तो आज हमारे दोस्त पे लड़की ढूंढने जा रहे अगला यूट्यूबर आज आज कुछ तूफानी करते हैं. नहीं नहीं करते हैं। आज हम पी के अब से आएंगे लड़ाई <laughs> तरह शक्ल करके निसीजन उन निजले नो गॉड प्लीज नो अभी ही फिल्टर लगन कर दिया उनको इनको बैन कर दिया गया ओ मिगल से गेट मी आउट हो इनके लग चुके हैं <laughs> सच में यार ये yeah, yeah. बॉय अब बैन कर दिए अब हमने इतना गंद कर दिया अभी कोई आया है हेलो माय फ्रेंड दिस शिट गए आई विल कम फॉर यू wanna see नो आई दिस शिट गए आई डोंट कम ब्रो तक ना कोई नहीं आ रहा है। ओ, ये आह oh. oh, yeah. oh, hey. hey, so hum... हम तुम्हारा हम तुम्हारा बना लेंगे <laughs> That's it. Okay. I don't want to see. ये नहीं no. नहीं वतन की है यस नहीं सी ओएमजी डल सो वतन की है कोई आ नहीं रहा इधर देखिए दोस्तों इतनी किस्मत खराब है आ जाओ हंसी करने है माय फ्रेंड व्हाई आर इन सिचुएशन लाइक दिस काड दिया उसने एक आ सकते हो जल्दी आ जाओ आ जाए कोई आ जाए एनीवन वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो ब्रो दिस इज द एमएमएस ब्रो सी दिया जा रही हमारी कॉल इतनी लगी बंदा ही नहीं नहीं नहीं इसने इसने को सारे पता यूट्यूब पर यार यार वही मैं सोचता वो पैसे लेके करते हैं या निकली वही। उसके तेरे मोबाइल में लड़की हो। करते हैं सामने खोलनाइज नहीं वो अच्छा लगा स्ट्रीम लगा स्ट्रीम लगा आ आ आ आ गया गया गया गया यू आया कोई है पता नहीं कौन है, है। आ जाओ मैं जो ये कोई एप्लीकेशन है ये कोई जुगाड़ लगा रहे हैं इससे हमारे उमले के लिए उमले के लिए उमे के पे उमे के लिए फिर, फिर हम उसको देखेंगे फिर वो हमें देखेगी हमें स्किप कर देगी। ब्रो <laughs> <laughs> कुछ नहीं जुगाड़ हो रहा काट दिए मैं हमको ही लग रहा है तेरा बढ़ रहा है नहीं रहा, रहा।, रहा। नहीं है अद्धी रात ही दे, <laughs> कुछ ही जुगाड़ हो रहा ए, मजा है मजा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं आ रहा है इनको इनको और करते हैं दोस्तों मुझे पता है मैं आपको बहुत निराश कर रहा हूँ आज के गुलाम में कुछ भी नहीं है कुछ नहीं था करने को तो क्या डालते जो था डाल दिया सो so, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को नेक्स्ट ब्लॉग में